हेलो दोस्तों आप लोगों के लिए चिरंजीवी डिजिटल सेवा पोर्टल से एक बेहतरीन आपको प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए तो शुरू करने से पहले जो चिरंजीवी डिजिटल सेवा पोर्टल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जैसे कि आप लोग इस वीडियो में हेल्प आपका काफ़ी सारे हेल्प होगा तो आपको पहले आपका इसमें आ जाना है एक पोर्टल ब्राउज खुल लेना है उसके बाद आपको जीना सब, जीना टाइप करना है जैसे ही आप लोग इसमें टाइप करते हैं जिना शॉप बोल के आपको टाइप कर लेना है इसके बाद आपको टाइप जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करते हैं तो हमारा रीड डायरेक्ट गूगल में सर्च हो रहा है तो देखिए दोस्तों जीना शॉप डॉट इन टाइप करते ही आपको जो पहला वाला लिंक मिलेगा इसमें आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज खुल के आ जाएगा इसमें आप लोगों को ये फायदा होगा कि जो जो रिटेलर बनना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो उनका आईडी सेल करना है परचेस करना है या आपको रिटेलर बनाना है आगे बिजनेस बनाना है जो भी कुछ करना है आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कर सकते हैं जैसे कि इसमें देख सकते हैं एजेंट आई डी हम प्रोवाइड करते हैं पेनियर बा रिटेलर आईडी प्रोवाइड करते हैं या डिजिटल इंडिया पेमेंट डीएमटी बिल पेमेंट रिचार्ज मनी ट्रांसफ़र इसका भी आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी प्रोवाइड करते हैं जो यूटीआई टी की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो यहाँ पे रिलेटेड है स्पेस मानी की, की भी आईडी डी है रिटेलर आई है रेली पे की रिटेलर आई है और साफ डिस्ट्रीब्यूटर की भी आई डी यहाँ है आप लोगों को जस्ट आपको बाई कर लेना है जो जो आपको इंटरेस्टेड है तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा किया होगा कि आप लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या साइबर कैफे या जो कोई भी आप यहाँ पे काम करते हैं ऑनलाइन के थ्रू या आप लोग जो कुछ भी काम करते हैं या नया आप लोग नया नया शॉप ओपन किया है उसके बाद आपको सी एस भी नहीं मिला है आप लोग ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन या काम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर स्पेस मानी की रिटेल आई लेना चाहिए इसमें भी आप लोगों को काफ़ी बैंकिंग की सुविधा है इसमें आप बैंकिंग की ट्रांसफ़र जो भी काम आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से करना कर सकते हैं तो इसमें आप लोग काफ़ी सारी हेल्प है इसके बारे में आप वीडियो हैं आप लोग इस परमाने के बारे में तो आप लोग उस उस वीडियो को देख लीजिएगा तो यहाँ पे और भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जुड़ने वाला है जो आप लोग रिटेलर जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या आप लोग यहाँ पर इसके आई डी आपको दुकान में खरीदारी कर सकते हैं तो इस और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए जस्ट आपको रिटेलर बांटने के लिए रिटेल रिटेलर को आपको बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आप लोग सेलर फॉर्म को फिल अप कीजिए सेलर फॉर्म एक फॉर्म है ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका रिटेलर आईडी हम प्रोवाइड कर देंगे रिटेलर आईडी के लिए आप लोग यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो कुछ भी है यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा इजी फॉर्म है आप लोग फिलअप कर सकते हैं तो इसके बारे में हम नहीं बताएंगे तो जिस और भी इस वेबसाइट के में हम लोग बताएंगे कि आप लोग इस वेबसाइट में और भी प्रोडक्ट ऐड होने वाला है जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आई या डिस्ट्रीब्यूटर आई भी ऐड होने वाला है और आगे जाके और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड होगा तो इसका फायदा यह है कि आप लोग इस वीडियो को काफी सारे फ्रेंड में शेयर कीजिएगा इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग आपका आईडी लेके काम कर सकते हैं जैसे कि आप लोग जूस जिस किस में जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसी को आईडी लेके आप लोग काम कर सकते हैं इसमें हर तरह का आईडी मिल जाएगा आपको फिलहाल अभी इतना आई है आगे जाके और भी एड हो जाएगा अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज आप लोग आगे आप लोग को फॉर्म या आप लोगों को जो रिटेलर बनाने हैं तो आप लोग सेलर फॉर्म को फिल अप कर दीजिएगा सीस आप लोग आपका रिटेलर जो कुछ भी है वो हम प्रोवाइड कर देंगे बस आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर देना है हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना है तो हमारा जो कस्टमर केयर का नंबर है इसमें आप लोगों को कॉन्टेक्ट में जाना है जाकर के आपको कंटेक्ट में क्लिक करना है हमारा नंबर प्रोवाइड हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ओपन हो रहा है ओनली फॉर यूज व्हाट्सएप इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं ओनली फॉर इसका जो इन्फॉर्मेशन ईमेल भी कर सकते हैं आप ईमेल मेल का तुरंत रिप्लाई हो जाएगा और आपका एड्रेस ये आसम से है तो एड्रेस भी मिल गया आप लोगों को तो इसमें जो पार्चेस करेगा या रिटेलर जो पार्चेस करेगा या जो भी शॉप साइबर कैफे हैं या आप लोगों को कंप्यूटर का दुकान है तो उसको जैसे हमें इसको पार्चेस करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्पेश मनी एस एपीएस पी एस रिटेलर आई तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है क्लिक करते ही आप लोगों को कोई ऐसा फॉर्म मिल के आ जाएगा इसका सब कुछ नीचे दिया गया है इसके बारे में जो कुछ भी है इसमें इसमें आप लोगों को परचेस करना है जैसे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा करते ही ये कार्ड में चला जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्लिक किया है तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे देख ली करते ही आपको शो हो जाएगा नीचे तो जिसको रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हैं इसमें क्लिक करके जैसे कि ये रिमूव हो गया अभी इस प्रोडक्ट को जो यू का पेन जो ये प्रोडक्ट है इस पर अगर आपके पास कूपन कोड है तो कूपन कोड से अप्लाई कर सकते हैं आपको कुछ इस अमाउंट से कुछ सेव मिलेगा <coughs> यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका एड्रेस दे, डाल देना है जो भी एड्रेस है आपका शिपिंग चार्ज वहाँ उसकी तरफ से ले लेगा उसके बाद सिटी डाल देना है और पिन कोड डाल के अपडेट करना है तो और प्रोसेस टू चेकआउट पर क्लिक करना है और भी आपको डिटेल्स देना है आगे जाके आगे जाके बस आपका यही डिटेल देना है कि आप आपका नाम आपका शुभ नाम जो भी है वो डाल दीजिएगा कंपनी का नाम या आपका दुकान का नाम जो भी है वो डाल दीजिएगा आपका एड्रेस डाल दीजिएगा टाउन डाल दीजिएगा उसके बाद स्टेट जो है पिन कोड है फ़ोन नंबर है ईमेल आई है ये डाल दीजिएगा डालने के बाद आपके बस ऑर्डर टू प्रोसिस्ट ऑर्डर टू इसमें क्लिक करना है जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कि हमारा फिलअप हो गया है प्लेस टू ऑर्डर पे आप लोगों को क्लिक करना है आपको जो भी पेमेंट है आया है उसको आपको नेट बैंकिंग या यू पी आई वॉलेट व बैंक आपको जिसकी माध्यम से भी है आप लोग उस पेमेंट को पे कर दीजिएगा पे करते ही आपको ट्वेंटी फोर या फोर्टी एट आवर्स में आपको आईडी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आपका आईडी नहीं मिलता है तो आपका पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा तो इसके कैसे बाय करना है इसके बारे में हम बता चुके हैं पूरे वीडियो में इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी कंप्लेन हो यह आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं बस आज इतना ही और मुलाकात होगा बस आपका जो भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।